सो हेलो एवरीबॉडी भी कैसे आप सब आई हो पच्छेग में के पी आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं गाइस तो देख सकते हैं ये जा रहे हैं वाहन ग्रेटर नोएडा के लिए और ये आ रहे हैं अक्षरधाम से होते हुए तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं ग्रे गै और ये जा रहा है आपका देखिए और ये वाहन देखिए ये वाहन आज ये राइट वाले आ रहे हैं अक्षरधाम की तरफ से और लेफ्ट वाले हैं ये जा रहे हैं अक्षरधाम और ये तुम्हारे सेक्टर अट्ठारह के लिए तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं गाइस कितनी सुंदर आ रही है ये अक्षरधाम की तरफ से आ रहे हैं वाहन और ये सेक्टर अट्ठारह की तरफ से आ रहे हैं तो आप लोग बिल्डिंग यहाँ की देख सकते हैं नोएडा की और ये जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं ये है नोएडा सेक्टर सोलह ए गाइज तो देखिए ये फुट ओवर ब्रिज है और यहाँ से हम निकलते हुए जा रहे हैं अंबेडकर पार्क जो कि मायावती ने बनवाया था बहुत ही सुंदर और इसकी जो नींव ये बनके जो तैयार हो गया था ये सन 2011 में बनाया गया था गाइस तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं नोएडा की ये उतर रहे हैं और ये है साइड में राइट हैंड पर पार्क तो आपको ले कर चलेंगे तो बने रहिए आप के पी संत के साथ में और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए के पी को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही ब्लॉग से देखो के पी संत के चैनल पर आते रहते हैं गाइस क्योंकि काफ़ी दिनों से थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है तो इस वजह से देख सकते ये हमने टिकट ले लिया और ये है पंद्रह रुपये का टिकट चलते हैं अंदर फिर दिखाते हैं देखिए रोड चल रहे हो यहाँ पर ये खाने पीने वाले हैं और देखिए सामना आ जाता है ये टिकट घर और ये गेट है इसका तो यहाँ से हम ये बड़ा गेट बंद करके तो हम चलेंगे इस छोटे से गेट से गाइस तो चलिए आपका स्वागत करते हैं गाइस और अंदर दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है जो आप लोगों ने देखा है वो तो नहीं जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं इसके पी के चैनल पर यहाँ पर ये यह गार्ड खड़े बैठे हुए हैं जो कि ये पर्चियाँ चेक करते हैं गाइस तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों साइड में ये हाथी लगे हुए हैं और इस्मारक टाइप का बना रखा है इन्होंने और आपको हम अंदर ले चलेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पत्थर भी बहुत सुंदर सुंदर लगाए हुए हैं गईस बहुत सुंदर पत्थर हैं यहाँ के देख सकते हैं आप लोग तस्वीरों के माध्यम से और ऐसे ही ब्लॉक्स देखो के पी के चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा गईस क्योंकि मैं लाता रहता हूँ और आप लोगों को दिखाता रहता हूँ आज मैं काफ़ी दिनों के बाद में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था पर मैं यहाँ पर पहुँच नहीं पाता था तो फाइनली मैं कल पहुँचा और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं इस तो आपको ये पार्क अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा तो देख सकते हैं ये हाथी दोनों साइड में लगे हुए हैं पहले तो इसमें बहुत सारे फ़ोटो लगे इसके अंदर भी चलेंगे हम दिखाएंगे आप लोगों के अंदर कैसा बना हुआ है क्या क्या है इसके अंदर तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा मूर्तियाँ लगी हुई हैं पहले तो बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है दूसरी है लेफ़्ट हैंड पे काशीराम जी की तीसरी मूर्ति है लेफ्ट हैंड पे मायावती जी की गाइस तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें यहां पर पब्लिक ये आई हुई है पब्लिक घूम रही है देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें क्योंकि यहां ज़्यादा पब्लिक नहीं आती है लेकिन सही सलामत आ जाते हैं घूमने के लिए क्यों फिफ्टीन रुपी का टिकट है तो कोई ज़्यादा का नहीं है लेकिन अंदर से बहुत सुंदर ये बनाया हुआ है गाइस बहुत सुंदर बना रखा है अंदर से आपको बता दूं बहुत ही सुंदर और देखने पर ऐसा मन करता है कि भाई साहब यहीं पर रहो देखते रहो से बैठ के देखिए हाथी की तस्वीरें किस तरीके से ये बनी हुई हैं और किस तरीके से ये बनाए हुआ है क्योंकि पहले इसमें बहुत कुछ इसमें लगे हुए थे हर किसी की फ़ोटो लगी हुई थी लेकिन वो अखिलेश सरकार ने सब इसमें से तोड़वा दिए हटवा दिए गए अखिलेश सरकार के राज्य में ये हटाए गए थे कि मोदी की सरकार में मोदी सरकार के राज्य में नहीं हटाए गए हैं ऐसा कुछ लेकिन अखिलेश सरकार में हटाए गए थे कि वो ज़्यादा चिड़ता है कुछ ठीक है ना वो ज़्यादा चिड़ता इसलिए उसकी सरकार भी चली गई है गाय और मुझे नहीं लगता अब आएगी लौट के तो देख सकते हैं ये बना रखे हैं दोनों साइड में और ये भी बहुत सुंदर देखने में लगता है गई देखिए जिधर आप नज़र उठा के देखें हाथी शंख ऐसी इसमें पहले तो बहुत जानवरों की वो लगी हुई थी मूर्तियाँ गाइस लेकिन सब अगले सरकार के राज्य में हटा दी गई है सब तोड़वा दी गई है। तो आपको दिखाएंगे हम तस्वीरों के माध्यम से तो आप बने रहिए केपी संत के साथ में और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए केपी पी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेलाइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आप चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं ठीक है भाई देखो आती यहाँ से देखो कैसे चमकते हैं सीन है ऊपर का फिर आपको दिखाते हैं कि क्या चीन है यहाँ का कैसा है ये बना हुआ फिर आपको पता चलेगी ठीक तो है तो हम चलते हैं इसके ऊपर गई और कुछ ऐसा बना हुआ है तो दोनों साइड में ही ये सीढ़ियाँ थी बनाई हुई हैं उधर भी और देखिए मरमर का पत्थर लगाया हुआ है इन्होंने देखो काफी अद्भुत तीन यहाँ का है? ये बताया हुआ इन्होंने ठीक है तीन लोगों का यार जूते उतार देते हैं हम और फिर चलते हैं कुछ तो देखा आपने कि अब मैं निकल चुका हूँ बाहर और देखिए कुछ इस टाइप का ये बना हुआ है दोनों साइड हम आपको देखने के लिए मिलेगा देखिए आप लोग कितना लंबा चौड़ा इधर भी ऐसा ही बना हुआ है और इधर भी ऐसा ही बना हुआ है तो देख सकते हैं यहाँ पर नोएडा की कि इमारतें कितनी ऊंची-ऊंची हैं गई देखिए ये है कुछ सीन ऐसा देखो अब देखो कितना सुंदर लग रहा देखने में कुछ ऐसे ही तस्वीरें और ऐसे ही ब्लॉक्स देखो के पिसंत के चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा गाइस देखिए आप लोग देखो यह है दूसरी साइड का ठीक है तो चलिए आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत गाइस मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से तो एन्जॉय कीजिए इस वीडियो का